आपने अपनी पत्नी को उपवास रखने के बाद परेशान करते हुए जरूर देखा होगा अगर आपकी पत्नी उसके बदले आपको मार डाले क्या हुआ नहीं सो सकते लेकिन एक मादा एनाकोंडा बच्चे को जन्म देने के लिए नर एनाकोंडा का गला घोटकर उसे खा लेती है ताकि वो गर्भावस्था के सात महीनों तक उपवास रख जीवित रह सके ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग और अनसुन रहस्य को जानने के लिए हमें अभी सपोर्ट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग